आँखों में आखें तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सोगाते तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही तुमसे ही शोर में खामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही तुमसे ही ना है ये पारा ना न ठीक है तेरा ना होना जाने you mm -hmm.